अगर आप भी बाइक चलाते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रिक बाइक के शौकीन हो आप अपनी पेट्रोल बाइक और यहाँ तक कि साइकिल को भी इलेक्ट्रिक करवा सकते हो इस बाइक में आपको थ्री मोड मिलेंगे जिसमें आप 40 साठ और अस्सी तक की स्पीड पार कर सकोगे बाइक में गेयर सिस्टम नहीं है जिससे चलाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा सबसे बड़ी बात बैटरी की थ्री ईयर रिप्लेसिंग वारंटी दी हुई है और आप अपनी नंबर प्लेट को भी व्हाइट ऐसी ग्रीन होता देख पाओगे दोस्तों बाइक को इलेक्ट्रिक करवाने के लिए एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है आप बाइक आरोप लिंक ऐसी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थैंक्स फॉर जी